तो दोस्तों आप सब कैसे हो इन दिनों निवेश की दुनिया में जो सबसे ज्यादा चर्चित विषय है वो है बिटकॉइन तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में हेलो दोस्तों तो चलिए हम जानते हैं इस बिटकॉइन के बारे में आखिर ये है क्या जापान ने तो इसे वैध का दर्जा दिया हुआ है।, है जबकि जेपी मॉर्गन चेज के सी जेम्स निडम इसे एक धोखा मानते हैं इस समय करेंट सिचुएशन में एक बिटकॉइन की कीमत इंडियन करेंसी में फोर्टी लाख के आस है बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि पूरी तरीके से मुक्त रूप से कार्य करती है यानी इसके ऊपर किसी भी बैंक या सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता एक ऐसी करेंसी जो पूरी तरीके से वर्चुअल होती है इसे आप कैश का ऑनलाइन वर्जन भी समझ सकते हैं क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल कैश होती है इसके लिए इसके लिए सभी ट्रांजेक्शन को पूर्ण होने के लिए पियर टू पियर कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ तक की सभी खरीदारी को कन्फर्म यूजर के द्वारा ही किया जाता है वहीं किसी या बैंक का सरकार का हस्तक्षेप यहां नहीं के बराबर होता है जिस बिटकॉइन को लेकर पूरी दुनिया में इस हंगामा मचा हुआ है उसे सतौंसी नाका मोटो नाम के एक डेवलपर ने बनाया था साल 2007 में उन्होंने बिटकॉइन की कोडिंग लिखनी शुरू की थी इसलिए इसके करीब एक साल बाद 2008 में बिटकॉइन नाम से वेबसाइट का डोमेन रजिस्टर कराया गया इसके बाद आभासी करेंसी के बारे में पूरे नियम कायदे भी बताएँ लेकिन पहले बिटकॉइन के लेन देन में करीब दो साल से ज़्यादा का समय लग गया पहला बिटकॉइन हाल फिने नाम के एक प्रोग प्रोग्रामर ने खरीदा यह काम उन्होंने 22 जनवरी 2009 को किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में बिटकॉइन छा गया बिटकॉइन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है तो चलिए हम जानते हैं बिटकॉइन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। बिट हैं बिटकॉइन के सबसे पहले हम फायदे जान लेते हैं यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन फ्री जो आपकी फ़ीस होती है ट्रांजैक्शन फ़ीस उसका क्रेडिट कार, कार्ड डेबिट कार्ड्स के से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत कम होता है बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी बिना किसी परेशानी के एक्सेस कर सकते हैं या भेज सकते हैं डिजिटली लेन देन के लिए यहाँ पर बिटकॉइन अकाउंट नहीं होता जैसे कभी किसी कारणवश ये ब्लॉक नहीं होता जैसे कभी किसी कारणवश हमारे बैंक हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं तो वो समस्या यहाँ पर नहीं होंगी तो फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो इस समय की सिचुएशन के हिसाब से बढ़ रहा है तो आगे चलकर आपको फ़ायदा ही होगा लेकिन इसके नुकसान भी हैं नुकसान यह है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पर इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता कोई अथॉरिटी या बैंक या सरकार नहीं है इस वजह से बिट की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होते हैं जिससे ये थोड़ा रिस्की हो जाता है एक और इसमें प्रॉब्लम है अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइन को खो देंगे और इसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता इसमें आपकी कोई मदद नहीं हो पाएगी दोस्तों सोनो सानो, सानोस की कानामोटो को ही बिटकॉइन का फाउंडर माना जाता है 2008 में इन्होंने ही ये बिटकॉइन बनाया था और दो में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में उतारा गया था अलसरवाडोर कंपनी ये कंट्री को बिटकॉइन के रूप में कानूनी निविदा के रूप में अपनाने के लिए दुनिया का पहला देश माना जाता है दुनिया में तो वैसे सैकड़ों तरीके की क्रिप्टोकरेंसी है लेकिन भारत में मुख्य रूप से दस तरीके की क्रिप्टो करेंसी का कारोबार होता है इसमें बिटकॉइन एथेरियम डोजे पोलकाडाइट बीनसे टोन नाम की क्रिप्टो करेंसी अधिक प्रचलित हैं क्रिप्टोकरेंसी की खरीद फरोख्त पूरी तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंज पर होती है भारत में क्रिप्टो कारोबार कारो को संचालित करने के लिए छः प्रमुख एक्सचेंज हैं इनमें वजीर एक्स काइनडिस कुबेर योनोकाय जेपे बाईक्न शामिल हैं क्रिप्टी क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए एक्सचेंज पर जाकर ऑनलाइन अकाउंट खुलाना होता है जिसके लिए मात्रा आपको सौ दो सौ रुपये शुल्क लगता है तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी बिटकॉइन के बारे में अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है आपको जानकारी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।